दिलचस्पी को देखते हैं बात घुसड़ी के बाद तो इसलिए आओ यहां शुरू करते हैं बिना किसी पर से घंट चुकिया इंसान नहीं देख में चोटी तो सड़ी क्या